पर कुदरत ने अपनी खूबसूरती दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहों को दी है जिसका सफर करने से ऐसा लगता है मानो कि आप जन्नत में हो उत्तराखण्ड देश की उन में आता है जिसे प्रकृति ने खूब प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है उत्तराखंड को देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहा जाता है क्यूँकी ये जगह कई धार्मिक स्थानों और पूजन स्थलों का घर है आइए दोस्तों आज आपको शेयर करवाते हैं भारत के शानदार लेकिन वीडियो शुरू करने ऐसी पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक उत्तराखंड की राजधानी शहर है देहरादून जो अपनी अनोखी जीवन शैली और खूबसूरत परिवेश के लिए जाना जाता है इस शहर की भौगोलिक स्थिति बेहद खास है जहां घूमने फिरने और देखने योग्य बहुत से शानदार स्थल मौजूद हैं। देहरादून के सनसेट पॉइंट का आकर्षक नजारा देखने लायक है ये गुफाओं झरनों और प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ स्थान है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से काट एक अलग राज्य बनाया गया है जिसे पहले उत्तरांचल के रूप में भी जाना जाता था राज्य का आधा हिस्सा मैदानी है तो बाकी आधा पहाड़ी मैदानी क्षेत्र के अधिकतर शहर तो भारत के अन्य शहरों के जैसे ही धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी भूभाग में अभी भी पुरानी संस्कृति रीति रिवाजों और त्योहारों को संजो रखा गया है और मनाया जाता है उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते हैं यहाँ वाकई में देवताओं का वास है ये भूमि शिव की भूमि है और माता पार्वती का जन्म स्थान है उत्तराखंड भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है और इसी राज्य से हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पावन मानी जाने वाली नदियों में से दो नदियां गंगा और यमुना निकली हैं। उत्तराखंड राज्य की गोद में तीर्थों के चारों धाम बसे हुए हैं हिंदू धर्म के मुताबिक श्रद्धालुओं के सबसे पवित्र ये चार स्थल हैं केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ इसके साथ ही यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे कई पवित्र तीर्थ स्थल है जिनका दर्शन वाकई में मन को सुकून और शांति से भर देता है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में हर शाम गंगा आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं बर्फ से ढके पहाड़ ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली ऐसे नजारों का अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उत्तराखंड जरूर जाएं। इस खूबसूरत राज्य के उत्तर में जहां तिब्बत है वहीं इसके पूर्व में नेपाल देश है उत्तराखंड उत्तर भारत का एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है जिसकी खूबसूरती का जितना भी बखान किया जाए वो कम ही है नैनीताल उत्तरकाशी मसूरी और चमौली जैसे भारत के लगभग सभी शानदार हिल स्टेशन उत्तराखंड में है जो हरियाली बर्फ की चादर ओढ़े चोटियों और रंग बिरंगे फूलों से भरे हैं नैनीताल उत्तराखंड राज्य के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है जो झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी के बीच में स्थित एक आकर्षक नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है अगर आप उत्तराखण्ड घूमने जाए तो इस पार्क को जरूर विजिट कीजिएगा अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप उत्तराखण्ड में ट्रैकिंग क्लाइंबिंग और वाटर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं उत्तराखंड की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की आधिकारिक भाषा संस्कृत है साथ ही गढ़वाली और कुमाऊनी प्रदेश की दो प्रमुख भाषाएं हैं उत्तराखंड के जंगलों में अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और हमारे पूर्वज अधिकतर बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों से करते थे